going to to to tell you how to print the largest in three between three two, three number number number number number between input input a equals to int input enter number one. Number one enter two three one by one a, B, C. फिर हम चेक करेंगे ये बड़ा होगा लार्जेस्ट नंबर इज एक्स टू c अगर a बड़ा नहीं है तो या तो b बड़ा होगा या तो c बड़ा होगा तो पहले हम b b b b करेंगे greater greater than than a and b greater than c अगर दो, b दोनों से बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर इज b होगा else print largest number in c अगर ये दोनों ही बड़े नहीं है तो बट ने सी हमारा सबसे बड़ा होगा। अब अब इसको हम हम रन करते हैं हैं और देखते हैं कि कैसे ये आता है। अब हम यहाँ पे नंबर इनपुट करेंगे एंड तो ये प्रिंट 9 कर देगा क्योंकि वन सेवन और नाइन के बीच में नाइन सबसे बड़ा है तो इस तरह से हम प्रोग्राम के थ्रू नंबर के बीच में तीन बड़े नंबरों के बीच में सबसे बड़ा नंबर कौन है वो निकाल सकते हैं पाइथन में वैसे तो सी में भी हमने इसको पढ़ाया है लेकिन ये पाइथन में कैसे बनेगा इसका लिखने का सिंटैक्स थोड़ा फर्क होता है लेकिन ऑलमोस्ट सी जैसा होता है तो जिसने सी सीखा होगा उसको इजीली समझ में आ जाएगा और नहीं तो प्रैक्टिस करिए आ जाएगा और इन्हें कमेंट में लिखिए अगर आपको सी नहीं आती है तो हम सी के ही प्रोग्राम्स बना देंगे जिससे आपको समझने में इजी हो लेकिन पाइथन में कम चीज़ों में ज़्यादा काम हो जाता है सी में आपको मेन फंक्शन बनाना पड़ता है कुछ लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है लाइब्रेरी इसमें भी इंक्लूड करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं जो बिना कुछ ऐड किए भी आराम से हो जाता है सो पाइथन इज मोर एडवांस और आप इसको लर्न कीजिए आजकल बहुत डिमांड में है और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको रर्न और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कुछ चाहिए तो आप उनको बताइए मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम और अम, ट्विटर का भी लिंक है आप उस पर जा करके चेक करिए हम कुछ कुछ क्विज कम्युनिटी पर भी देते रहते हैं जिसको आप सॉल्व करिए और अपने क्वेश्चन वहां पर पूछिए थैंक यू यूर्स दिस इज ऑल टुडे लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए